नमस्कार नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे आज कन्या राशि के जातकों का प्रेम राशिफल जी हां ये प्रेम राशिफल है तो प्रेम राशिफल 2020 आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यदि आप सिंगल हैं तो 2020 में क्या होगा आपके साथ क्या आप लोग डबल होंगे कि नहीं होंगे या जिनसे आप प्यार करते हैं क्या आप लोगों के विवाह के बंधन में बदने के योग हैं कि नहीं हैं या अभी तक आप किसी से प्यार भी नहीं करते थे शादीशुदा आप लोग होंगे इस वर्ष की नहीं होंगे तो अंत तक बने रहेगा साथ ही साथ इस वर्ष को आप लोग दिव्य कैसे बनाएं ये आप लोग देख सकते हैं साथ ही साथ आप लोगों को एक और सूचना देनी है कि वार्षिक राशिफल 2020 हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा करके देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी दो हमारे चैनल पर पड़ चुका है कन्या राशि के जातकों का कैरियर राशिफल हमारे राशि जो है चैनल पर पड़ा है प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं तो दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए चलिए चर्चा को हम अपने आगे बढ़ाते हैं तो प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार कन्या राशि के जातकों ये जो वर्ष रहेगा आपकी जो रोमांटिक लाइफ है काफी अच्छी रहने वाली है आपके राशि से पंचम भाव देखिए पांचवा भाव होता है प्रेम का सातवा भाव होता है विवाह का तो पंचम भाव के स्वामी शनिदेव जो कि सुख के भाव में विराजमान है वैवाहिक तो जीवन को सप्तम भाव से जो है देखा जाता है अभी हमने आपको बताया तो इस भाव के स्वामी बृहस्पति जो कि शनि के साथ ही चौथे भाव में मौजूद है प्रेम के जो जो है जो कारक ग्रह है शुक्र पंचम भाव में विराजमान है तो कुल मिलाकर के ग्रहों का यह संयोग एक सुखी प्रेम की ओर प्रेम संबंध की ओर इशारा कर रहा है बृहस्पति के प्रभाव से जो जातक अभी तक किसी के साथ यदि रिलेशनशिप में नहीं थे तो आप लोग इतना जान जाइए कि 2020 में एक बहुत ही अच्छा पार्टनर और ईमानदार पार्टनर आपको मिल सकता है जो जातक पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं वो अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं इसके साथ साथ एक और बताना चाहेंगे बात आप लोगों को कि जो लोगों की जो है मतलब रिश्ते ब्रेकअप हुए हैं उनके पुराने रिश्ते वापस आ सकते हैं और उनसे उनका प्रेम संबंध फिर से स्थापित हो सकता है जहां पर शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है तो वो भाग्य स्थान के मालिक होकर भी पंचम भाव में बैठे भाग्य के स्वामी उनके लिए शुक्र सकारात्मक जवाब मिलने के संकेत जो कर रहे थे उनको मिलेगा आपने किसी को प्रपोज किया है और अभी तक उधर से कोई आपको सूचना नहीं मिली है कोई आंसर नहीं मिला है तो निश्चित ही आप लोगों को जवाब मिलेगा पंचम भाव के शनि वर्ष की शुरुआत में ही केंद्र में बैठे हुए हैं जो कि विवाहित जातकों को संतान संबंधी सुख मिलने की संभावनाएं जता रहे हैं बृहस्पति भी केंद्र में ही विराजमान है जो कि सप्तम भाव के देखिए यहाँ पर स्वामी है सुख भाव के बृहस्पति आपको रिलेशनशिप में पार्टनर लाइफ पार्टनर का सुख व सहयोग जरूर देंगे इस वर्ष चाहे जो हो जाए अविवाहित जातकों के लिए विशेष रूप से विवाह के योग बन रहे हैं प्रेम संबंध में आप लोग बनेंगे आपको इस समय गुरु की मतलब जीव की मतलब बृहस्पति की कृपा यहाँ पर मिलेगी और इसके प्रभाव से आपको एक सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी एक ऐसे रिलेशन में बंधेंगे जिसमें आपके पार्टनर बड़े ईमानदार हों वर्ष के शुरुआती माह के उत्तरार्ध में शनि पंचम भाव में स्वराशिगत हो जाएंगे पंचम भाव मतलब अपने घर में वो आ जाएंगे स्वराशिगत मतलब होता अपने घर में आना जो कि रोमांटिक लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं इसी समय दर्शकों एक चीज और आपको बता दें कि शनि की ढैया से आपको मुक्ति भी मिलेगी पिछले कुछ दिनों से जो रोमांटिक लाइफ में किसी तरीके से परेशानियाँ चल रही थी तो उनका समाधान भी इस आप लोगों को मिल सकता है है मार्च के के के अंत भी जो जो जुपिटर शनि साथ आएंगे कि विवाहित जातकों अपने संतान का ध्यान रखना होगा मई तक का समय आपके लिए काफी अच्छा रहने के यहां पर सितारे आसार बता रहे हैं लेकिन मई के दूसरे हफ्ते के लगभग मध्य में शनि की चाल बदल जाएगी वक्री गति के हो रहे हैं जो विवाहित जातक संतान प्राप्त की कामना कर रहे थे उन्हें अतिरिक्त सावधानियों का सामना करना पड़ेगा आपके दांपत्य सुख को भी इस समय शनि की तीसरी दृष्टि प्रभावित कर सकती है अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर के आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं आपका धन वगैरह खर्च हो सकता है सनी के साथ ही जुपिटर भी वक्री होंगे तो इस समय सावधान रहने के यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है थायराइड वगैरह की दिक्कत हो सकती है अचानक से आपका वजन इत्यादि भी बढ़ सकता है देखिए आपकी कन्या राशि करोड़ों लोगों की है आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप क्या कह रही है इसको अगर एक बार आप लोग एनालाइज करवा लेते हैं तो अच्छा रहेगा और जो उपाय रहेंगे वो स्पेशली आपको हम बताएंगे आपकी कुंडली के हिसाब से तो देरी किस बात की दिए गए नंबरों पर आप WhatsApp के माध्यम से पूछ सकते हैं संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन को जो है कॉल के माध्यम से ईमेल के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं तो दर्शकों सितंबर तक हालातों में उतार चढ़ाव रहने के आसार रहेंगे सितम्बर में देव गुरु बृहस्पति व शनि के जैसे ये लोग मार्गी होंगे इसके पश्चात हालात बेहतर हो जाएंगे वर्ष के अंत के नज़दीक मतलब नवंबर और दिसंबर का ये जो माह रहेगा गुरु पुनः पंचम भाव में शनि के साथ आएंगे नीचभंग राजयोग बनाएंगे और आपकी रोमांटिक लाइफ पुनः पटरी पर लौट आने की उम्मीद रहेगी तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जात को प्रेम राशि फल ये संकेत कर रहा है कि इस साल एक अच्छी रोमांटिक लाइफ आप लोग जो है व्यतीत करेंगे आप लोगों को एक अच्छा जीवन पार्टनर मिलेगा आप लोगों के जो है प्रेम संबंधों की शुरुआत किसी अच्छे पार्टनर के साथ होगी और क्या चाहिए आप लोगों को उपाय पर आ जाते हैं कि आप लोगों को उपाय क्या करना रहेगा कन्या राशि के जात को देखिए सबसे पहले कोशिश आप लोगों को ये करना रहेगा कि प्रतिदिन भगवान भास्कर को आप लोग रख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा दूसरा पीली वस्तुएं जैसे कि चने की दाल हो गई जैसे कि जो है हल्दी हो गई मूंग हो गई आ, तो इन सब पीला पीला वस्त्र हो गया आ, केला हो गया संतरा हो गया इन सब वस्तुओं का जो दान होता है इसको आप लोग बृहस्पतिवार वाले दिन जरूर करिए किसी अगर आप लोग सक्षम हैं अगर आप लोगों के पास पैसा अधिक है तो कोशिश कीजिए कि एक दो गरीब बच्चों को और ख़ास करके यदि वो ब्राह्मण हो क्योंकि जुपीटर क्या है जुपीटर ब्राह्मण है तो यदि वो ब्राह्मण हों गरीब हों उनको आप लोग गोद लीजिए उनके ट्यूशन का खर्च आप लोग उठाइए साथ ही साथ एक अंतिम उपाय और बता रहे हैं यदि किसी कन्या की शादी हो रही है तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें कुछ आप लोगों को जो है सहयोग करना रहेगा लेकिन हिडन रूप से अप्रत्यक्ष रूप से करिएगा डंका मत बचाइएगा कि भाई फला की शादी में हमने इतने दान दिया मैंने ये सामान दिया वो दिया आपका कुछ नहीं है सब ईश्वर का दिया हुआ है बस आप एक माध्यम हैं तो किसी एक कन्या की शादी भी आप करवा सकते हैं या आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कुछ आप जरूर जो है करिए किसी ब्राह्मण को बृहस्पतिवार वाले दिन यज्ञोपवीत का आप लोग जो है जरूर दीजिए जनेऊ जिसको बोलते हैं तो जनेऊ आप लोगों को जरूर देना रहेगा साथ ही साथ यदि आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है शादी विवाह में प्रॉब्लम आ रही है आप लोग अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा के उपाय ले सकते हैं जिम स्टोन हम यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि रत्न अमृत भी होते हैं और रत्न जहर भी होते हैं दोनों का काम करते हैं तो इससे आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप देख करके हम आपको बता पाएंगे कि भाई क्या आपको उपाय करना रहेगा कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों से अपील है कि यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए कैरियर राशिफल वार्षिक राशिफल ग्रहों का गोचर राशि परिवर्तन भविष्यवाणी भागीरथ श्रंखला दैनिक राशिफल कुछ बचा ही नहीं है सब कुछ हमारे चैनल पर है आप लोग जा के देख सकते हैं एक और आपको अब एक चीज बताते हैं कन्या राशि के जात किस्मत की चाभी ये हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए हैं कि धन लाभ आप लोग कैसे करें वो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम जय श्री राम का उद्घोष कीजिए यहाँ पर कमेंट में जय श्री राम का जो है जय श्री राम रूपी एक महासागर जन्म ले लेना चाहिए इतने कमेंट होने चाहिए दीजिए इजाज़त नौ वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जाते हैं तब तक के लिए नमस्कार आप सभी लोगों का दिन शुभ हो नौ वर्ष की अनंत कामनाओं के साथ जय हिंद वंदे मातरम